जय हिंद ये इतिहास का पार्ट ग्यारह है और मुगल काल का पार्ट दो है तो चलिए शुरुआत करते हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी ऑप्शन एक था मेवाड़ बी बीकानेर सी मारवाड़ या फिर डी आमेर तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना चाहिए था ऑप्शन ए मेवाड़ प्रश्न नंबर 31 अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी ऑप्शन ए मांडू की बी असीरगढ़ की सी रामगढ़ की या फिर डी मंडला गड़ गड़ कटंगा की तो बताना इसमें यह है कि रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मंडला गढ़ की प्रश्न नंबर बत्तीस टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्या अर्जित की थी ऑप्शन ए एसपरस में बी चित्रकला में सी भू राजस्व में या फिर डी सैन्य अभियान में तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भू राजस्व में प्रश्न नंबर 33 अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था ऑप्शन ए 1570 में बी 1578 में सी 1581 में या फिर डी पंद्रह सौ बयासी में बताना है आपको कि दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया गया था अकबर द्वारा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1582 सौ ईस्वी में प्रश्न नंबर चौतीस मनसबदारी पद्धति को किसने लागू किया लागू किया था अकबर ने बी अलाउद्दीन खिलजी ने सी औरंगजेब ने या फिर डी शाहजहां ने तो प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर ने प्रश्न नंबर पैंतीस दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा तो फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है ऑप्शन ए लोदी का मकबरा बी कुतुब मीनार सी हमायूं का मकबरा या फिर डी लाल किला तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा जो कि भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है प्रश्न नंबर 36 महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया ऑप्शन ए रजमनामा बी आर सी हस्त या फिर डी अनवाय ए सुहेली तो प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन है रजमनामा तो बिल्कुल सही उत्तर है अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि रजमनामा के लेखक कौन हैं प्रश्न नंबर सैंतीस अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था यह ध्यान रखिएगा कि अकबर के दरबार में पूछ रहा है ऑप्शन ए पीटर मुंडी बी रॉल्फ भिच सी जॉन हॉकिस या फिर डी सर टॉमस रो प्रश्न नंबर सैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिच प्रश्न नंबर अड़तीस वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था कौन थे ऑप्शन ए हेमचंद्र बी यशोभद्र सी पुष्पदंत डी हर सूरी तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर अड़तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरब हर सूरी प्रश्न नंबर उन्तालीस मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी हस्तांतरित हुई थी। ऑप्शन ए जहांगीर बी अकबर सी जहां शाहजहां या फिर डी औरंगजेब तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहांगीर प्रश्न नंबर चालीस जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था ऑप्शन ए विलियम हॉकिस बी वास्को डिगामा सी सर टॉमसरो या फिर डी चारनाक। तो ये जहांगीर के दरबार में बताना है कौन प्रथम राजदूत आया था अंग्रेजों का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विलियम हाकिंस प्रश्न नंबर इकतालीस निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था ऑप्शन ए सर टामसरो बी विलियम हाकिंस सी एडवर्ड या फिर डी पेट्रा डेला बिला इसमें बताना है कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम हाकिंस को प्रश्न नंबर बयालीस जहांगीर किस वास्तु जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था आपसे सर वास्तु कला का बी संगीत कला का लगा? सी चित्रकला का या फिर डी नृत्य कला का तो जहांगीर को बताना है कि किस कला का संरक्षक था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्रकला का प्रश्न नंबर तैंतालीस निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल्जमा की पदवी दी थी ऑप्शन ए अबुल हसन बी दौलत सी मंसूर या फिर डी आगा रजा प्रश्न नंबर तैंतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अबुल हसन को प्रश्न नंबर चौवालीस जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी ऑप्शन ए तुर्की बी फारसी सी उर्दू या फिर डी हिंदी तो प्रश्न नंबर चवालीस जो कि बताना है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फारसी में प्रश्न नंबर पैंतालीस निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था आपसे नूरजहाँ ने बी नूर लाडली बेगम ने सी असमत बेगम ने या फिर डी मरियम उजमानी उज्म, ने बताना है इत्र बनाने की विधि का आविष्कार कौन है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असमत बेगम प्रश्न नंबर छियालीस जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था आपसे गुरु तेग बहादुर को बी गुरु अर्जुन देव को श्री गुरु गोविंद सिंह को या फिर डी गुरु गोविंद सिंह को या फिर गुरु हरगोबिंद को तो जहांगीर ने जो मृत्युदंड दिया था वो ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव को प्रश्न नंबर सैतालीस किस मुग़ल बादशाह के काल में कंधार मुगलों के हाथ से छीन लिया गया था ऑप्शन अकबर के बी हुमायूं के श्री जहांगीर के या फिर डी औरंगजेब के तो प्रश्न नंबर सैंतालीस सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल के समय कंधार मुगलों से छीन लिया गया था प्रश्न नंबर अड़तालीस निम्नलिखित में से किस शासक ने सहारुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था ऑप्शन थायू ने ने सी ने या फिर डी शाहजहां ने तो प्रश्न नंबर अड़तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबर ने प्रश्न नंबर उनचास सूची वन को सूची टू से मिलाना है सूची वन में शासक है और सूची टू में उन शासकों द्वारा बनाई गई इमारतें हैं तो बाबर का संबंध जामा मस्जिद संभल से है हुमायूं का संबंध दीनपनाह इमारत से है अकबर का जहांगीरी महल से जबकि जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने से संबंध है तो ये बिल्कुल जोड़े सही मिले हुए हैं तो चलिए देखते हैं कूट कौन सा सही होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक दो तीन चार प्रश्न नंबर पचास मुमताज महल का असली नाम क्या था ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम बी लाडली बेगम सी मेहरू या फिर डी रोशन तो मुमताज महल का असली नाम बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्जुमनंद बानो बेगम प्रश्न नंबर इक्यावन निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी अकबर ने या फिर जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने तो राजधानी आगरा से दिल्ली लाई थी शाहजहाँ ने प्रश्न नंबर बावन दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था ऑप्शन ए हुमायूं बी शाहजहाँ सी अकबर या फिर डी इब्राहिम लोदी तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाहजहाँ ने प्रश्न नंबर तिरपन उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था ऑप्शन ए औरंगजेब बी हुमायूं सी अकबर डी शाहजहा तो प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शाहजहा प्रश्न नंबर चौवन दारा सिखों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था ऑप्शन ने किताबुलब्या बी अलफहरिस्त सी सिर अकबर फिर डी मजमुल बहरीन तो दारा सिखोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था सरे अकबर शीरसक से प्रश्न नंबर पचपन किस मुगल बादशाह ने बलबंद द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिज़दा को समाप्त कर दिया था अफसन अकबर बी शाहजहा बी जहांगीर सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब ने तो बताइए किसने शजिदा को ख़त्म किया था प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाहजहाँ ने प्रश्न नंबर छप्पन सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था आसने औरंगजेब ने बी मोहम्मद सईद मीर जुमला सी मुराद या फिर डी अबुल हसन कुतुब शाह तो कोहनी हीरा ही उपहार में दिया था मोहम्मद सहीद मीर जुमला ने प्रश्न नंबर सत्तावन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है खफी खा राय भरमल बर्नियर या उपरुक्त तीनों तो प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ने प्रश्न नंबर अट्ठावन लघु अकबर के नाम से कौन जाना जाता है ऑप्शन ए शाहजा बी मुराद सी औरंगजेब डी दारा सिकोह हो तुल तो अकबर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन डी दारा सिकोह प्रश्न नंबर उनसठ हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था ऑप्शन ए अमीर खुसरू बी अमीर हसन सी सुजा डी दारा सिकोह तो ये बताना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दारा नंबर साठ हिंदू व वा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहां पर ऑप्शन ए ताजमहल में बी लाल किला में सी पंचमहल में या फिर डी शेरशाह के मकबरे में यह इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था जो मुगल मुग़ल काल पर बेस था दो मुग़ल काल पर वीडियो बन चुके हैं अभी तीस तीस प्रश्नों के बने हैं अभी लगभग दो और बनेंगे तब जाकर पूरा मुग़ल काल समाप्त हो जाएगा तो अब आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देना है और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए